नमस्कार भाइयों बहनों और मेरे सभी दोस्तों जैसे कि हम सभी जानते हैं जब से आप लोगों ने मुझे इस की कुर्सी में बैठा के मेरे को चुना है तब से मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझता हूँ क्योंकि मुझे आप जैसे जनता मिले हैं और अगर बात की जाए मेरी प्रगति और भारत को लेकर मैं बहुत ही खुश हूँ आप लोगों को बता के कि जितना बोल सके मैंने भारत को लूट लिया है और कोशिश कर रहा हूँ कि आगे भी लूटते रहूँ अगर आप लोगों को पता नहीं होगा तो मैंने इतनी कोशिश की है कि मेरा कुछ ऐसा रिकॉर्ड सामने ना आए मेरी मान और सम्मान को धन्यवाद। तो कैसे हैं आप लोग स्वागत है हमारे एक और नई बकचोदी भरे वीडियो में जहां आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटिक्स के बारे में तो भाई आज के टाइम पर एक बात आपको बता दूं कि पॉलिटिक्स एक ऐसा जॉब है जहां पर कहीं से भी पैसा लुट सकते हैं चाहे आप पढ़रे हो या गंवार हो कोई भी आदमी हो कहीं से भी पैसे लूट सकते हो आप चाहे वो इंसान हो या जानवर कहीं से भी पैसे लूट सकते हो अब सोचो कि जानवर जब बच नहीं रहे हैं, तो इंसानों को क्या बात कर रहे हैं हम इंसान तो लूटेंगे, लूटेंगे। तो यार बहुत दिन से मैं सोच रहा था कि किस टॉपिक में आप रोस्ट किया जाए तो फिर गलती ऐसी मेरे को ये आइडिया मिल जाए की आप पोलिटिक्स के रोस्ट कर लेते जहाँ तुम जैसे भी बक कर लो हथ से ऊपर या हथ ऐसी नीचे हर चीज जायज है चाहे वो किसी बुढे के झोती उठाने का काम हो या फिर किसी बार जाके नंगी नाचने का काम हो यहाँ पर सब चीज जायज है तो आज मैं कुछ ऐसे कैरेक्टर के बारे में बात करने वाला हूँ जिनकी बकचूजी सुपर से भी ऊपर वाली रहती है उनको कहना दिन ऐसी तो पेश है आपके सामने पहला वीडियो अब क्या बोलू मैं हम इसे प्यार माने या हवस माने मैं कुछ नहीं कह सकता लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ को चुल बहुत मची है अगर आदमी भगवान होता तो आगे जगह किसके साथ भी को पॉलिटिक्स के बीच में खींच देता और इलेक्शन कराया उसका ये तो वही जाने अरे ये तो कम ही था भाई हमको क्या लेने देना इससे लेकिन अभी पूरी वीडियो खत्म नहीं हुई है आगे देख लो क्या होने वाला है आजकल लोग पोलिटिक्स में उतरते तो है लेकिन उतरने ऐसी पहले पोलिटिक्स में होता क्या तो जान लो अगर चलो उतना भी नहीं आता तो कम ऐसी कम नशन सौ याद करके जाओ भाई मात्रं, बंदे मात्रं, बंदे मात्रं। बोलो भारत माता की लेकिन ऐसा तो नहीं है अभी तो और भी है आगे हाँ आगे है नहीं पे अभी आज इतने ही लेकिन ऐसा तो नहीं है अभी तो और भी है आगे हाँ आगे है बाकी सब तो मेरे को नहीं पता हाथ मारी लोगे बांध बना रहा है उस पर बिजली बनाएगा और जब पानी में जब बिजली निकल जाएगी पानी खेतों में जाएगा आपके खेतों में जाएगा तो पानी में बिजली निकल जाएगी उसकी ताकत ही खत्म हो जाएगी तो आपके खेतों में पानी काम क्या आएगा तो पानी में बिजली निकल जाएगी उसकी ताकत ही खत्म हो जाएगी तो आपके खेतों में पानी काम क्या आएगा अब भाई मेरे को तो ये कन्फर्म हो ही गया है कि जो मैं बोल रहा था वो सही है अभी अंकल जी को ही देख लो यहाँ पर पानी ऐसी बिजली निकालने की बात कर रहे हैं क्या बता जमीन ऐसी आग निकालने के बाद निकलने भाई यहाँ कुछ भी संभव है कुछ भी संभव है यहाँ पर नामुमकिन की बात है ही नहीं अगर मैं आपको बताऊँ आगे जो वीडियो आने वाला है उसके बारे में तो ये सब पूरे इंडिया में इतनी फेमस हुआ था कि कोरोना इसको सुन के ही जाएगा अब क्या बोलूँ मैं क्या बोलू मैं कुछ शब्द ही नहीं बचे है कहने को लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि अगर मैं ये गाना गाऊंगा तो कोरोना सच में भाग जायेगा अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप जरूर मेरे को बताइए कमेंट सेशन में तो अब अगले सच का नाम है लालू प्रसाद यादव जिसकी स्पीच सुनकर ऐसा लगता है की अभी इसको स्कूल में नर्सरी क्लास को रिपीट करना चाहिए था लेकिन जो भी लेकिन है तो हमारे नेता ही अब सुन लो इसकी स्पीच भी सब कह रहे हैं हमने गजब काम किया करोड़ों का मुनाफा हर एक शाम दिया फल सालों से अब देगा पौधा जो लगाया है सेवा अच्छा आई विल आई विल ट्राई टू ट्रांसलेट माई सेल्फ इन इंग्लिश हाँ हाँ पहले हिंदी में कह लेते हैं सब कह रहे हैं कि हमने गजब का काम किया है करोड़ों का मुनाफा हर एक शाम दिया है फल सालों में अब देगा पौधा जो लगाया है सेवा का समर्पण का हमने फर्ज निभाया है एवरी इज एप्रिशिएटिव कि आई हैव डन ए ट्रेमेंडस वर्क ईच एंड एवरी ईयर आई हैव अर्न करोड़ एवरी डे एंड दे आर सेइंग आई है लालू यादव हैज प्लांटेज फ्रूट ट्री एंड एवरी इयर इट इज ड्यूटी ऑफ माय टू ग्रो फ्रूट ट्री नहीं तो नहीं इसके बाद इसके बाद रेल का कोई समस्या नहीं रहे <laughs> अगर मैं एक बात बताऊं तो पोलिटिक्स इंडिया की टांगी चढ़ो शुरुआत सभी कार्यकर्ता राहुल जी जानना चाहते है की जब आप कैलाश मानसरो गए तो बीजेपी के पेट में बहुत दर्द हुआ वो लगातार ये कहते रहते है की शिव भक्त कब से हो गए राहुल जी तो कार्यकर्ता जानना चाहते हैं आपके कुछ संस्करण जो आपने कैलाश यात्रा के दौरान एक्सपीरियंस किया कैलाश oh, no. हाँ? जो कैलाश जो पर्वत है और जो मानसरोवर है अगर व्यक्ति वहां चला जाता है तो एक प्रकार से वापस आने पे सब कुछ बदल जाता है सोच बदल जाता है सोच बदल जाती है और एक, एक गहराई से आ जाती है अब भाई साहब जो जगह जाके आ चुके हैं उसके बारे में बताने में इतना टाइम लग रहा है भाई साहब को तो फिर ये भाई साहब गए कहाँ थे आप ही बताइए कमेंट्स सेक्शन पे चलो ये सब बातें तो होते ही रहेंगे लेकिन हम अपने मेन कैरेक्टर को तो भूल ही जा रहे हैं हमारे प्यारे नरेंद्र मोदी जी इनकी एक बात से मैं बहुत खुश हूँ और शायद मैं हमेशा खुश रहूँगा जिंदगी भर और वो प्यारे शब्द है मैं आपको बताना चाहूंगा आ गए अब मिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में बात कर लिया जाए तो ये महाशख्स एक समय में इलेक्शन लड़ रहे थे या ये जीत लिए थे तब इन्होंने कहा था बेरोजगारी को ना के बराबर कर दिया जाएगा और अब देखते हैं इन्होंने क्या किया तो ये है आपके सामने एक प्रीवियस रिकॉर्ड जब मोदी जी नहीं थे तब से अभी तक की बेरोजगारी ज्यादा ऐसी ज्यादा और बढ़ चुकी है पिछले बार ऐसी अब मेरे को नहीं पता यार क्या सच है क्या सच नहीं है लेकिन जो रिकॉर्ड में था वो चीज में बदल दिया यहाँ आरोप लेकिन सच बात तो ये है की बेरोजगारी के लेवल इतना बढ़ गया है की अब लोग घर में बैठे बैठे नल्ले बन गए हैं मेरा माना था तो यार चलो अब पोलिटिक्स में जन होते हैं सब पढ़ाई में क्या रखा है पोलिटिक्स में ना तो डिप्लोमा चाहिए ना तो एजुकेशन का रिकॉर्ड चाहिए न प्रोपर नॉलेज चाहिए बस चाहिए तो क्या चाहिए बस राजनीति जब आगे जाके सबका पैसा लुटा ही रहा है और कंट्री का विरोध ना के बराबर है क्यूँ करें पढ़ाई चलो पोलिटिक्स में चलते बस पॉलिटिक्स ही चाहिए अब तो मेरा मानना भाई यही है कि पॉलिटिक्स ही कर लो और कुछ नहीं तो भी ठीक है यार मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर ही दो यार आज कर ही दो और मेरी बात अगर अच्छी लगी या पसंद आई तो बताना भाई कमेंट सेक्शन में क्या करना चाहिए पोलिटिक्स को सुधारने के लिए क्यूँकी नेक्स्ट जनरेशन तुम्हारा और मेरा ही है